ज़रा से आंसू ही तो आए हैं मुस्कान थोड़ी गई है जरा से आंसू ही तो आए हैं मुस्कान थोड़ी गई है दुख से रुखसत ही तो हुए हैं खुशी से जान पहचान थोड़ी गई है दुख से रुखसत ही तो हुए हैं खुशी से जान पहचान थोड़ी गई है इतनी भी कोई दुख की बात नहीं यारों इतनी भी कोई दुख की बात नहीं यारो जरा सा दिल ही तो टूटा है जान थोड़ी गई है